चलो व्यूवर्स आपका आधार कार्ड किसी तरह मिसप्लेस हो गया हो या चोरी हो गया तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को चेक कर लीजिए कि वेदर इट इज़ प्रॉपर और ना उसके लिए उसको वेरीफाई करना पड़ेगा तो हम दो तरह दो स्टेप में उसको वेरीफाई कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि असली है कि नकली है या किसी ने आपके आधार कार्ड के डुप्लीकेट तो बनाया है और अगर निकली है तो उसको आप कंप्लेन uh, करके डिलीट भी करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको रेजिडेंस यू आई डी ए आई गवर्नमेंट लु आउट डॉट इन पर जाना पड़ेगा कैफीर माई आधार टू वेरीफ़ाई एन आधार नंबर और वहाँ पे अपने आधार नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हैं आफ्टर दिस न्यू विंडो माई आधार यू आई जब वो ओपन हो जाएगी वो साइट तो वहाँ पर आपको आधार नंबर कैप्चा और प्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा जैसे ही आप प्रेस वेरीफाई करिएगा यू विल गेट एज ग्रुप जेंडर स्टेट और मोबाइल नंबर का लास्ट का डिजिट वो दिखा देगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जेंडर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है एज ग्रुप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा और स्टेट सही आ रहा है मोबाइल नंबर सही आ रहा है तो डेट मीन्स कि आपका आधार जन्म है लेकिन अगर आपका नहीं जन्म मिला है तो ये सारी चीज़ें गलत आई तो उसके लिए आपको सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा और अपने आधार को वेरीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा क्लिक माय आधार टैप टू वेरीफाई एन आधार नंबर फिर आपको रेजिडेंस यू आई आई डॉट इन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर पेपरलेस ऑफ लाइन थ्रू ई के वाई सी वेरीफाई आधार मिलेगा तो वहाँ पर ई के वाई सी वेरीफाई आधार पर जाने के लिए फॉर डेट यू हैव टू गो टू साइट रेजिडेंट यू डी आई गवर्नमेंट डॉट इन ऑफ लाइन के वाई सी तो ये ऑफलाइन के वाई सी क्या है जब जा वहाँ जाइएगा तो आपसे बारह डिजिट का आधार नंबर मांगेगा और उसके बाद आपके पास ओ टी आएगा अब ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने कभी अपना वर्चुअल आईडी नहीं चेंज किया है तो इस समय अगर आपका चोरी हो गया है आधार आईडी, तो आप वर्चुअल आईडी चेंज कर सकते हैं इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नंबर जो आपकी पर्सनल आईडी को वेरीफाई करने के लिए यूज़ होता है इट विल सेंड योर ओ टी पी ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर तो रीजेनरेट वी आई डी कर दीजिएगा तो आपका वी आई डी चेंज हो जाएगा जब वी आई डी चेंज हो जाएगा तो आपको फिर से आधार कार्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा लेकिन ये काम बाद में करिएगा पहले ये समझ लीजिए कि आपका आधार प्रॉपर है कि नहीं जेनविन है कि नहीं इट विल सेंड यू ओटीपी ऑन रोड रजिस्टर मोबाइल जब आप यहाँ पर आधार कार्ड नंबर वीआईडी नंबर और कैप्चा नंबर डाल दीजिए तो आपको वो ओटीपी टी पी भेजेगा उस ओटीपी को जब आप भेजिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा कि आप चार डिजिट का शेयर कोड बनाइए ऑफलाइन पेपरलेस ई के के लिए तो ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा अदरवाइज आप अपनी ही फाइल ली खोल पाइएगा Now create four digit digit share code of your choice and and write somewhere and submit. Code submit Then submit Then six OTP OTP which you get on mobile file. Mobile, mobile पाएंगे उसको आप submit कर दीजिए Now download file. अब जो फाइल आपको मिल रही है वो उसको download कर लीजिए ये आपकी वेरीफाई के केवाईसी फाइल होगी जो ऑफलाइन आप पेपरलेस ऑफलाइन ए ई केवाईसी फाइल चार डिजिट सबमिट करने पे आप खोल पाएंगे तो जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसके लिए ही ये चार डिजिट वाला शेयर कोड बनवाया गया था जिसको आप शेयर जब करिएगा जब फाइल खोलना चाहिएगा तो इसी शेयर कोड को आ चार डिजिट को आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप इसको यूज़ करिएगा तो आपका आधार खुल जाएगा All related information will ऑल आधार if, you if your बे information is not same and it is not a जेनुन आधार card. अब आप वहाँ पर अपने आधार card को पुराने आधार card से check करिए और देखिए कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है और नहीं भी है पुराना आधार card तब भी आप आधार card को check कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका नया आधार card बन के आ जाएगा जो current status है आधार card की और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं लेकिन अपडेशन के पहले आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए हर चीज़ बहुत बार आप अपडेट नहीं कर सकते हैं उसमें रूल्स दिया हुआ है जाके साइट पे पढ़ लीजिए कि नाम कितनी बार बदलेगा फोन कितनी बार बदलेगा शादी के बाद कैसे आधार कार्ड बदलता है और आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करें उसका वर्चुअल आईडी लेकिन आप कितनी भी बार बदल सकते हैं वर्चुअल आईडी बदलने से फ़ायदा यह है कि अगर आपका आधार कार्ड चोरी हुआ है तो वर्चुअल आईडी बदलने पर जल्दी से जो भी आपका आधार कार्ड ले गया है वो खोल नहीं पाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन और आप वर्चुअल आई बदल के अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह से और जो भी आपका डाउनलोड होने पे पेपरलेस ईकेवाईसी जो आया है अगर वो गलत है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा अपडेशन है नहीं, तो आपको आधार सेंटर पे जाकर वहाँ पे इसको अपडेट कराना पड़ेगा अदरवाइज आप खुद ही ऑनलाइन इसी साइट पे जाकर के अपने आधार को अपडेट करके डाउनलोड कर सकते हैं और जब डाउनलोड हो जाए तो उसको प्रिंट करा कर, आप उसको रख सकते हैं अपने पास तो दिस इज़ ऑल टूडे व्यूअर और आप केयरफुल रहिए और अपने आधार कार्ड को चेक कर लीजिए कि वेदर रिटेस इज़ नॉर्मल या आपका कोई आधार कार्ड गलत ढंग से यूज़ कर रहा हो और उसका जो भी पासवर्ड बना लिया उसको याद रखिए और इसमें बाद में जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तब भी एक पासवर्ड को पूछता है और वो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शन करता है कि आपका पासवर्ड कैसे बनेगा तो वहाँ पर वो आप उसको रीड कर लीजिएगा तो वो बताएगा कि कैसे पासवर्ड बना करके फाइल को डाउनलोड करें तो इस तरह से हम लोग अपने आधार कार्ड को दो तरह से कर सकते हैं एक ऑनलाइन एक ऑफ़लाइन और ऑफलाइन केवाईसी से और एक ऑनलाइन आप अपने आधार कार्ड को वेरीफ़ाई कर सकते हैं और उसमें आप अपना ग्रुप जेंडर स्टेट मोबाइल नंबर और अपने नाम और जिस अपना एड्रेस ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी उसको वेरीफाई करके करेक्ट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल टू द व्यूअर इफ़ यू लाइक दिस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट ट्राई इन योर होम एंड फाइंड आउट वदर योर आधार कार्ड इज़ जेनविन और नॉट आपको ये पता करना आसान हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली आप अपने आप इसको चेक कर सकते हैं थैंक यू व्यूवर्स